हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल वीडियो को लाइक करना चल कर सब्सक्राइब कर दें घटी वाल बे लाइकन पर सेट कर दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और किसी आगे शेयर करना